नमस्कार आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद में आज बात उस खान सर की जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है पटना के एक जाने माने टीचर हैं खान सर तालीम से उनका गहरा नाता है वो अपने फन के उस्ताद हैं और उस्ताद खान सर पर मैं सलाम करता हूं और आज राष्ट्रवाद की शुरुआत भी उन्हीं से करता हूं मैं सरफराज सैफी आज आपको बताना चाहता हूं कि खान सर के कई अल्फाजों को लाखों लोग गौर से सुनते हैं उनके अंदाज को बेहद पसंद करते हैं खान सर बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात भी रखते हैं तंग नजरियों पर चोट भी करते हैं और मजहबी दायरों से दूर रहकर छोटी सोच पर सवाल उठाते हैं और सवाल करने की यही अदा कुछ कट्टरपंथी लोगों को चुभने लगती है मैं सरफराज सैफी चंद कट्टरपंथी लोगों से पूछना चाहता हूं खान सर ने बच्चों को धार्मिक उन्माद से दूर रखने की हिदायत दी तो इसमें क्या गलत किया खान सर ने बच्चों को तालीम की अहमियत समझाई तो क्या गलत किया खान सर ने बच्चों को देश और दुनिया में हो रहे बदलाव से रूबरू कराया तो उन्होंने क्या गुना किया मैं सरफराज सैफी कमकल वाले इन मुट्ठी भर लोगों से यह हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बिना पढ़े बिना समझे बिना जाने खान सर जैसी शख्सियत पर सवाल उठाना बंद कीजिए यह ना तो आपके हित में है और ना ही आपके बच्चों के हित में है और खान साहब इस समय मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे भी मैं बातचीत करूंगा उनके बारे में पूछूंगा और खान सर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इनसे मैं तमाम सवाल करूंगा और इनसे यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल खान सर कौन हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा और खान साहब मेरे साथ बने रहेंगे उनसे तमाम सवाल करूंगा जो आपके जहन में सवाल है मैं वो सवाल भी उनसे पूछूंगा और तमाम तरीके के सवाल करूंगा लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रवाद की यह रिपोर्ट देखिए पूछता था सर आपका नाम क्या था लिखते थे जीएसटी लो। तो पंचर मत सा वरना तुमको तो पता ही है नहीं तो कुछ न होगा तो चौरा आप बैठे मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं बताइए ये, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का बैनर से छोटा बेचारा ये धर्म पर नफरती अधर्म ये, ये, ये, ये आदमी ये गलीज ये कहता है कि यहाँ से शाहीन बाग आंदोलन का मजाक उड़ाता है फिलिस्तीनियों जिनका जमीन छीना गया उसको टेररिस्ट कहता है जिहादी मुसलमान खान पर तूफान ज्यादा उनको वो कर दिया और मुस्लिम लोग उन, उनसे ज़्यादा चिढ़ चिढ़ यही यही हमको उसे यही लग रहा है है कि मुस्लिम लोग उनसे गया और उनका चोटे -चोटे वीडियो वीडियोस अब निकालना स्टार्ट किया पूरा हिम्मत नहीं हो रही मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और जलील करने के लिए लगातार वीडियो बनाता रहा है। है, सनक जब सिर पर सवार होती है, तो इंसान का सबसे पहले दिमाग हरती है खान सर की क्लास ने कई लोगों के जहन में भरे जहर को उनकी जुबान पर ला दिया है लेकिन ऐसे जाहिल राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा है खान सर वही खान सर जिनको हिंदुस्तान का पढ़ाकू युवा उनका धर्म पूछकर नहीं पूछता बल्कि इसलिए पूछता है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे लाखों युवाओं के लिए खान सर का मतलब ज्ञान से भरा गुरु है और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की खासियत है तो थोड़ा सा परिचय जान लीजिए खान सर का युवाओं को यूपीएससी समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं YouTube पर खान सर के करीब तिरानबे लाख फॉलोअर हैं। बेहद साधारण भाषा में कठिन विषय को समझाने में माहिर हैं। 90 परसेंट लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे 90 परसेंट केवल 10 परसेंट लोगों को लगता है कि वो वो हार जाएंगे और वो दस परसेंट जानते कौन है पाकिस्तान की फौज है लेकिन खान सर का पढ़ाना खान सर के ज्ञान की बात कट्टरपंथी मुसलमानों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पढ़ रही है आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिहादी जमात के गुर्गे कट्टरपंथी मुसलमान ऐसे बिद के की सरआम सोशल मीडिया पर धमकीबाज हो गए तो उसके पीछे है जिहादी धर्मांधों की अगल पर पड़ा पर्दा और खान सर का ये अंदाज फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएगा हम देखिये इसको इसको कुछ पता नहीं है बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो अब्बा के कहने पे मत आओ अब्बा तो पंचर ये रहे हैं ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा हो के तुम लोग भी पंचर सा लोग तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है नहीं तो कुछ न होगा तो चौरा आप बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का, का। बताइए ये, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे लेने का बैनर से छोटा ये ये है बेचारा ये तो कट्टरपंथी जमात ने खान सर की ऐसी क्लासेस को इस्लाम पर हमला मान लिया और दरादन सोशल मीडिया पर खान सर की क्लासेस के वीडियोस को काट छाट कर उन्हें जाने लगा। तो खान साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं खान सर आपको मेरी आवाज मिल रही है जी सर आवाज जा रही है मेरी आवाज जारी है हाँ जी मुझे मिल रही है मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं चूंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्दिर रही है पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए सर ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए आप हमें जय हिंद कहिए हम इस देश के हैं देश के लिए बोलते हैं नहीं देश के लिए तो आप हैं लेकिन आपकी पहचान क्या है वो समझना बेहद जरूरी है ना सर देखिये हम खान मेरा टाइटल है खान मेरा नाम नहीं है हमने यही बोला पूरा नाम क्या है सर देखिए हम आपको बताते हैं अगर आप किसी से उंगली करके उसको जबरदस्ती करके कहिएगा तुम नाम बताओ तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आप उसको डरा रहे हैं हमने खुद बोला था आज से एक साल पहले कि कुछ लोगों ने कहा था आप नाम बता दो तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम आराम से रहो ना नाम से क्या मतलब है तो वैसे भी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो जय हिंद बोल के आते हैं पूरा बोल के चले जाते हैं आप बोलिए कैसा लगेगा कि हम रुक के बोले कि मेरा नाम खान सर हम तो नीचे लिख ही देते हैं खान सर आप बताइए मोदी जी का नाम मोदी है उनका तो पूरा नाम नरेंद्र दास मोदी है तो वो क्या कहेंगे आपका जो सारा विवाद है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं चुकी आप खुद बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसीलिए हमने नौ बजे आपको बुलाया चुकी राष्ट्रवाद है राष्ट्रवाद के जरिए हम राष्ट्र के मुद्दों को उठाते हैं मेरा मकसद यही है आपसे जानने का आपका पूरा नाम क्या है चुकी जो विवाद चल रहा है इस विवाद को आप ही खत्म कर सकते हैं हम हम तो कह सकते हैं ना ना कि एक एक वीडियो में जैसे क्या होता है कि जब जब लड़के पढ़ने आते हैं उनका बैच खत्म होता है ना तो वो सोचते हैं कि सर से मिल के जाए एक यादगार लेके जाएं तो हुँ. वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है हुँ. तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम शुरू से ही नाम नहीं बताएं तो एक ऑकवर्ड सा फील होता है जैसे आज आप... बता दीजिए राष्ट्रवाद के जरिए पूरे देश को बता दीजिए दे, सर हम आपको बता रहे हैं ना हम खुद बता देते हैं हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे दिन मेंस मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिश होती है लेकिन उससे पहले कोई टाणो कर देगा तो <laughs> हलक में मुंह डाल के नहीं ना निकलवाएगा तो और जिनको लगता है कि मेरा नाम खान खान तो मैं, ये मैं ये समझू मैं ये समझू के ये पॉपुलर होने का एक तरीका भी है कि टेन मिलियंस हो जाएंगे तो खान साहब इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे कि साहब मेरा नाम अमित सिंह है या फैसल खान है या क्या? है? सर सर आपका आपने आप, आप मुसलमान हैं या फिर आपका नाम जो है आप प्रूफ तो एक इंसान होना चाहिए जो हो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि एक काम कीजिए आप अपने या उस ऑथराइज पर्सन के पास जाइए हम वहां दिखा देंगे आपके चैनल पर हम बता रहे हैं कि चार जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक् होने वाला है जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे हैं वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एंबेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं हमने उन्हें अपना ओरिजिनल्ड दे दिया एक है न, अब आप पता चलता है कि सड़क चाप को है, हमको रोक के पूछे, ए, सुनो, नाम बताओ क्या हम नाम बताते चलेंगे अब यही काम बच गया है बराबरी भी तो होना चाहिए ना अच्छा खान सर आपका पूरा नाम क्या है पूरा नाम क्या है ये तो बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को सर हमारा खान टाइटल है जब इतना कोई मतलब वो टॉर्चर कर देगा अभी हम बताएंगे तो आपको लगता है है कि हम आपको एक बात बताते हैं हाँ मानसिकता होती है। जैसे जब फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था ये सारा हम, कम से कम मुझे मुझे दुनिया जानती है की मेरा नाम सरफराज सैफी है मैं एक राष्ट्रवाद शो करता हूँ हिंदुस्तान का एंकर हूँ इसी तरीके से मैं यू कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप अमित सिंह है या फैसल खान है या कोई भी है आपका पूरा नाम क्या है मैं सिर्फ आपका नाम जानना चाहता हूं फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा आपसे मुझे सर, ये लिए हम, कि आप क्या कर हम खत्म नहीं करना चाहते ताकि इन लोगों के ऊपर से पूरा पर्दा हट जाए जो धर्म का चोला उड़े हैं उनके ऊपर जब ये लोग पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला देंगे की ये अमित सिंह है अमित सिंह है तब हाँ। ना हम बताएंगे की भैया हम ये नहीं है अभी बता देंगे तो विवाद खत्म ही नहीं होगा पतंग है आपने बताया कि आपके टेन मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे मैं बता दूंगा कि साहब मेरा नाम ये है हम बता देंगे ये आपका टारगेट है ये टारगेट हम बच्चों से जो कहें आप बताते हैं हम आपको एक इंसान को आप जबरदस्ती हम आपसे कहेंगे कि आप जमीन का कागज दिखाइए नहीं दिखाएंगे ना जबरदस्ती नहीं मैं नहीं मैं तो आपसे मांग नहीं रहा हूं चूंकि हम लोगों को बातचीत करनी है जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम सरफराज है आप बोलिए सरफराज सेफी आप मेरा नाम है तो ऐसे ही आपका नाम भी होगा आप पीटी उषा का पूरा नाम बताइए तो क्या चीज पीटी उसा, बहुत अच्छी धावक थी मेरी बात हम लोग यहाँ यहाँ आई एस की तैयारी नहीं कर रहे हैं यहाँ आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपसे सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूँ चूंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ हमारा जिस दिन हम, हम आपने बताया मेरा नाम अमित सिंह नहीं है अच्छा मुझे देखिए मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा सवाल सवाल ये है की आपकी माता घर में होंगी आपके पिताजी घर में होंगे आपके बहन भाई घर में होंगे वो आपको खानसर के नाम से पुलकारते हैं या कुछ और नाम है आपका भैया अच्छा भैया के नाम से हम आपको बताते हैं हम इस चीज को खुद चाहते हैं कि हम बता देना और हम बता देंगे बहुत जल्दी अच्छा, बता देंगे अच्छा ठीक है लेकिन ख़राब इतना कन्फ्यूजन क्यों कि... इतना क्यों चलिए घर वाले नहीं बता रहे जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको मेरा नाम सबको पता चला है जो बात है बस हमको उसको बस एक्सेप्ट कर लेना खान साहब आप नेशनल टेलीविजन पर है हाँ। तो दे पूरे देश, देश को हम यही कहना चाहते हैं जो लोग खान सर के नाम पर कल फक्र कर रहे थे जब उन्हें अचानक पता चला की हमने मजाक में बोला बच्चों को हंसी मजाक में याद छोड़ना तुम हमको तो लोग अमित सिंह भी बुलाते हैं तो उन लोग को हम हम हम उनके लिए कलंक हो गए सेकुलरिज्म का पूरा मतलब बेहतरीन एग्जांपल दे दिया इन लोगों ने कल तक जो हम इनके लिए मिसाल बनते थे आज इनके लिए कलंक बन गए आखिर ऐसा क्यों तो हम इनकी सफाई देंगे आप बताइए हम इनको सफाई दें मतलब हमको आप मतलब इस अच्छा, तरह मुझे, से तो पता चला खान सर है? मुझे एक चीज बताइए आपको नाम बताने में तकलीफ क्या है आपको तो अपना नाम है जो आपके माता पिता ने रखा है हाँ, आपके नाम हमें स्कूल कोई में भी है, आपने है सारी लोग हमारे नाम को जानते हैं लेकिन बात यहाँ ये हो गई ना कि आप किसी को मतलब बदनाम कर दीजिएगा कहिएगा तुम कैसे नहीं बताता है देखते है कैसे नहीं बताया ठीक है ठीक है खान साहब खान सर आप मत बताइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आप वीडियो देखिए जरा कि आप एक वीडियो है उस वीडियो में आपने तिलक लगाया हुआ है कपड़े पहने हुए हैं हाँ। जरा भगवा कपड़े पहनने के पहले उस वीडियो को देखिए फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूं हमारा ही हमने उसको देखा है हाँ तो उसका क्या ताल्लुक है सर ये कपड़े पहनने से क्या हो सकते हैं पहले वीडियो है। दिखा देता हूं मैं पहले वीडियो दिखा देता हूं आप देखिए जरा वीडियो आप भी देखिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे वीडियो दिखाइए प्लीज फुल स्क्रीन पर देखिए आपको वीडियो दिख रहा है आप शायद वीडियो देख रहे होंगे ये वीडियो आप देखिए ये आप ही का वीडियो है ये दरअसल ये कंफ्यूज करता है और ये बात तो बार बार हो रही है कि फैसल खान का वीडियो है या अमित सिंह का वीडियो है हम आपको दिखा दें एक चीज सुनिए ये मेरे पीछे दिखा ये, आप दिखाइए दिखा हम आपको दिखाए दिखा। दिखा। ये देखिए ये आप कैमरा मैन से बोलिए जरा फुल स्क्रीन करे बोला आप फुल स्क्रीन पर ही हाँ ये देखिए ये फैसल ये यहाँ दिख रहा है ये इसको इसको लोग जो भी बोलिए आप इनको फैजल खान कहिए अमित सिंह कहे इमर खान सर कहिए दिख, दिख रहा है ये क्या पहने हैं क्या दो कंफ्यूजन क्यों और यहाँ देखिए ये क्या क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है नहीं वो तो अच्छी बात आप है हमसे आप कुरान की की है। है, हमसे सुनिए हिंदुस्तान की संस्कृति है तभी मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद कर रहा हूँ फराज सैफी जी आप हमसे कुरान पूछिए कुरान कहाँ से शुरुआत होता है की दोनों बता मेरी बात सुनिए ये हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान की संस्कृति है की हमारा या आपका ये जिसका मजहब हो वो हर मजहब की इज्जत करने की इजाजत देता है जब हमारे ऑफिस में पूजा पाठ होती है मैं भी बैठता हूँ उसमें, हाँ। कोई उसमें कोई मुसलमान उसमें कोई ऐतराज नहीं है ये सब हमारे देश की परंपरा है चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सब मिलजुट कर रहते हैं ये भारत की सांस्कृति है सबसे बड़ी बात यह कि कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कंफ्यूजन क्यों है अच्छा एक चीज मुझे एक हाँ हमारे दस मिलियन होंगे हम बता देंगे <laughs> ये तो फिर आप देश की जनता को बेकूफ बना रहे हैं इसका मतलब यह कहें हम नहीं सर हम हम बेकूफ नहीं आपको आपको सिर्फ मतलब सिर्फ यह है कि आपको फोलस बन जाए आपको सिर्फ फॉलोअर्स मिल जाएं 130 करोड़ देश की जनता से कोई मतलब नहीं है आपको हमने कब कहा कि हम नहीं बताएंगे सर आप, आप सर आप आप आप देखिए भी हम आपको हम बता रहे हैं कि हर इंसान को इस दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी है हम्म तो उसी आजादी हम भी उसी संविधान को मानने वाले हैं, हमारे में भी है आप बात नहीं समझ रहे अगर हम यहाँ बता देते हैं तो हम उनके आगे एक तरह का ये होगा की झुक गए ठीक अच्छा, है, है।, है। देखिए ये जो तस्वीरें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है अमित हाँ। सिंह भी दिख रहे हैं हाँ। है। और बहुत अच्छी बात यह भारत की संस्कृति है मुझे एक बात बताइए की अगर मैं आपसे कहू क्या हनुमान चालीसा मुझे पढ़कर सुनाइए क्या सुना सकते हैं आप मुझे देखिए जबर हमको नहीं जबरदस्ती आपसे बातचीत कर रहा हूं हाँ देखिए जैसे हम लोग सुनिया बताते हैं हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जाना ना यक करके अब आप कि कहेगा की अलीफलामीम सुनाओ हिंदू धर्म का सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्व रुक में वो ओम त्रम्बकम यजा मही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्व रुक में वंधना मृत और मोक्ष तो क्या हम हम नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बहुत अच्छी बात है देखिए ये हमारे भारत की संस्कृति है और ये आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो हर धर्म कागज नहीं देखिए मुझे देखिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के जरिए राष्ट्र हित में आपसे पूछ रहा हूँ चूंकि लोग आप सवाल में आगे तो बढ़िए मैं तभी तो बढ़ूंगा अरे दोस्त जब आप मुझे जवाब देंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा जी और आप, आप आगे पढ़ते जी हम देते जाएंगे और भी आपका इसका तो जवाब दे दीजिए तभी तो आपको तो इसको इसको लास्ट के लिए तो रहने दीजिए ना एकदम हिट पे बैठे देखिए देखिये आप ये चीज समझिए कि आप देश के एक बहुत बड़े शो के साथ रात नौ बजे में जुड़े हुए हैं और हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपके फॉलोअर्स हैं चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या दूसरे तरीके से हो क्योंकि देश और दुनिया इस वक्त आपको देख रही है आप जी हिंदुस्तान पर हैं आप नेशनल टेलीविजन पर है प्राइम टाइम शो में है मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया है वरना इस शो यी यी। के अंदर हम किसी नेता को या किसी अभिनेता को हम जगह नहीं देते हैं आपकी बात हम सराखों पे रखते हैं लोग हमें जो कहते हैं देखिए हमारे दो नाम फेमस हैं जो आप बता रहे हैं कि एक अमित सिंह एक फैजल खान हाँ। तो तो देखिए अमित सिंह एकदम गलत है ठीक है समझदार के लिए इशारा काफी होता आप तो तो समझ समझ मतलब है आप नेशनल चैनल पे बैठे अब इतना तो इसका मतलब आप फैजल खान हैं ठीक है आप चलिए असल वाला वक्त गुजरा है तो जाहिर बात है कि आपने रोजे भी रखे होंगे जरूर चलिए माशाल्लाह हम आपको बताते हैं मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे वो खजूर ला के हमें देते थे रोजा खोलने के लिए क्लास में जब पढ़ाते थे तो कहते थे।, थे।, थे सर आप, आप रोजा खोल लीजिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात और हमारे ऑफिस में भी मैं क्योंकि मैं आप जानते हैं कि मैं मुस्लिम हूं हाजी नमाजी आदमी हूं हूँ तो हमारे भारत की संस्कृति है सिर्फ एक लिख देते मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ इतनी देर क्यों लगी आपको बताने में सर हम आपको कैसे बताए मेरा दोस्त कोरोना पॉजिटिव है वो वेंटिलेटर पे है हम उसको मरता छोड़ देना नाम बताए कि मेरा नाम ये है मरते छोड़ दे उसको वेंटिलेटर पे उसकी सांसें नहीं मिल पा रही है ठीक है उसका ऑक्सीजन लेवल साठ गया है हम बिल्कुल फैसल भाई फैसल भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोस्त ठीक हैं, उनको ठीक है आप मुझे आप बताइए हम कोरोना लोग मर रहे हैं किसी को यह नहीं समझ में ठीक है फैसल भाई मेरा पहला अब हम बातचीत शुरू करते मेरा पहला सवाल यह है कि लगातार आप देश की बात करते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन कुछ मुठ्ठी भर लोग आपकी खिलाफत क्यों करते हैं उनको देश से मतलब नहीं है हमने जो ये खिलाफत करते हैं आप उनके मुद्दों को बताइए कि उनको किस बात का तकलीफ है हम सबको खुश नहीं ना रख सकते हैं हमारे लिए जो देश होगा हम वही करेंगे अब कोई हमारे मुंह से कोई खास चीज सुनना चाहता है अब जैसे इसराइल फिलिस्तीन है अब कोई सोचेगा कि खान सर फिलिस्तीन के लिए बोलेंगे कोई सोचेगा खान सर इसराइल के लिए बोलेंगे अब हम तो देश के लिए बोलेंगे जो देश का स्टैंड था हमने पूरा क्लियर किया मेन मुद्दा तो यह है कि खान ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया वरना आज का थोड़ी है हम तो पिछले चार साल से खान सर ही कहलाते हैं आज नहीं ये विवाद आ गया बिल्कुल अभी मैं आपका यूट्यूब पे जब आपसे बातचीत कर रहा था उससे पहले मैं रिसर्च कर रहा था आपका एक बयान देख रहा था अठारो उन्नीस बच्चों वाला भी आपने बयान दिया था टायर पंचर को लेकर भी बयान दिया था ऐसे बयान क्यों देते हैं आप सर हमने किसको बयान दिया हम हमने कहा पाकिस्तान की एक पार्टी है उसने अपने बच्चों को लाया और अपनी ही सरकार के खिलाफ कहने लगा फ्रांस को हटाओ खुद पाकिस्तान में उस पार्टी के खिलाफ एफआईआर हो गया उसके 20 लोग जेल हो गए जिसको पाकिस्तान ने जेल भेजा है उसके लिए हमको उठा लिया हमने कहा कि वो पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को क्यों लाए हैं भाई फ्रांस के इनको क्या पता की राजदूत का मतलब क्या होता है उनको हमने बोला कि जाके पढ़ाई करो हमने ये नहीं बोला कि फोर्टी उठा के फिर वापस आ होटल में बम टल मीडिया पे तो उसको बहुत अलग तरीके से निकाल लेगा तो इसका मतलब हम नहीं है अलग तरीके आधा झूठ पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए एक बहुत बड़ा सीधी सी बात है क्योंकि आप इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो इसराइल का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो लेकिन आप तो सवाल सब पे उठा रहे हैं ना क्योंकि 18-19 बच्चों की बात कहके टायर पंचर की बात करके ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं नहीं आपने ये सुना की हमने मुसलमानों को कहा हमने के पार्टी तो बारे मतलब बीजेपी को कुछ कह देते तो इसका मतलब आप कहेंगे कि हम हिंदुओं को कह दिए तो इसका मतलब, इसका मतलब मैं ये, ये समझू इसका मतलब खान सर मैं ये समझू की कुछ हाँ। कट्टरपंथी आपके खिलाफ हो गए हैं सर ये लोग खिलाफ बहुत पहले से थे बात ये नहीं है कि हमारा काम ये है हम हम देश देखेंगे कि लोगों को खुश करने के हम इस्लाम की इज्जत करते हैं लेकिन इस्लाम के नाते अगर कोई ये कहे कि हम हर एक मुसलमान की इज्जत करें तो नहीं होगा हम अब्दुल कलाम की इज्जत करते हैं लेकिन अगर कोई कहे कि अजमल कसाब का, का भी करो तो कैसे करेंगे हम बहुत बढ़िया मैं आपकी इस सो, सोच को सलाम करता हूँ और ये सोच हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ी हम ये कही की खान सर ने क्या इस्लाम की तोहिन की हम आज भी कुरान रोजा अल्लाह रसूल हर चीज पर अकीदा रखते हैं उनकी पूरी इज्जत करते हैं लेकिन हम ये नहीं कि इस्लाम और मुसलमान में बहुत कांतर होता है लेकिन लेकिन आ, खान साहब एक चीज सबसे बड़ी बात यह कि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं बैंक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके सवाल उठ रहे हैं कि साहब उसमें आपका नाम अमित सिंह उसमें कैसे अलग है, है सुनिए बता रहे हैं हमने हाँ। लड़कों जैसे अभी आप कैसे नाम के लिए इंसिस्ट कर रहे थे हमने आपको खुल बोला कि मेरा नाम यही है नहीं ना उसी तरह हम बच्चे भी हमसे इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है हम बोल देते हैं मेरा नाम जालिम खान है फिर कभी कोई जिद करता है किसी बैच में कह देता है मेरा नाम जहीदीन है किसी, किसी में हम बोल देते हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है लड़के जिद करने लगे तो हमने ये कहा कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं अब कोई इतना कम पढ़ा लिखा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है की बुलाने में और कहने में अक्सर है बचपन में मेरी मम्मी हमको विष्णु कह के बुलाती थी तो अब क्या हमको अब कोई कह दे लगे विष्णु हो गए हम मैं एक चीज देख रहा था कि शाम आप हमारे साथ जुड़ने वाले थे बातचीत करने वाले थे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर है अगर डर है तो किन लोगों से आपको डर है नहीं हमें डर मेरा क्लास रहता है उस समय हम दूसरे न्यूज चैनल पे थे न्यूज एटीन पे तो हम कैसे एक साथ एक इंसान दो दो चैनल पर तो नहीं आ सकता अभी कोई कह दे मुझे कोई वो नहीं, नहीं है मेरा सवाल यही है क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कोशिश की कि राष्ट्रवाद में राशि से जुड़ा चुकी है जो आपको ट्रोल कर रहे हैं जिनको लॉकडाउन में खाली बैठे हैं कोई कामधाम नहीं है कर दो क्या उनसे कही जरा आके थोड़ा सा अपने चैनल पर फिजिक्स पढ़ा दे बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ा दे या फिर कोई टीचर ला आपको विश्वास नहीं होगा कि हम हम पटना में जो मदरसा है या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहां पे बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे कहते आचार्य भी बनो साथन साथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स, सब समझो, हम नहीं कर रहे हैं। साथ में मदरसे के बच्चों को भी कहते हैं तुम भी आओ जो होटल में लड़के काम करते है उनको कहते हैं तुम नाइट शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में होटल में हो सुबह में आके पढ़ लो और फ्री में पढ़ाते हैं इनको हमको क्या इनको हम हथियार सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है की देखिये ऐसे कई नजीर भी है जो आई एस भी बने हैं हम देख भी रहते हैं कि महाराष्ट्र का एक लड़का था जो आईपीएस बन गए लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है खान सर कि आप पाकिस्तान के नेताओं को वहां की आवाम को हिदायत दे रहे थे हिंदुस्तान की आवाम को भी तो हिदायत दे दीजिए हिंदुस्तान के आवाम, तो आवाम को हम यही हिदायत देते हैं कि भाई आप खुद समझिए इस्लाम के हिसाब से चलिए ज्यादा मुसलमान के हिसाब से चलेंगे तो किसको खुश रखेंगे यह आपको हम क्या बताएं आप बताइए एक एक धड़ा कहता है कि आप मजार एक धड़ा जाएंगे मतलब तो, तो हम कहा से सुलझा सकते हैं सदियों बीत गए सुलझाते आप तो टीचर है आप बच्चों को पढ़ाते हैं आपके सामने दिक्कत क्या आती है क्या वाकई में कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं सर कुछ नहीं इन लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम फिलिस्तीन पर इनका साथ देंगे हमने देश का साथ दिया और बताया कि देश इसराइल के साथ नहीं है देश फिलिस्तीन के साथ है बाकायदा हमने हमारे राजदूत का उसमें वीडियो दिखाया अटल बिहारी वाजपेयी के कोट किया हमने बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं इस वजह से हम चाह के भी इसराइल का साथ नहीं दे सकते फिलिस्तीन का लेकिन इनका गुस्सा यह है कि हमने फिलिस्तीन को उस तरह से साथ क्यों नहीं दिया जिस तरह से हमें देना चाहिए यह कहना चाहिए कि इसराइल पर अजाब नाजिल हो गया यह कहना चाहिए कि इसराइल डरपोक है कहना चाहिए कि इज़राइल खत्म हो जाएगा यह कहना चाहिए कि उसके पे खत्म हो, सीज़ फायर हो गया। यह कहना चाहिए कि आ, ऐसे ऐसे शब्दों का भी नेशनल चैनल पर हम बात नहीं कर सकते चूंकि कई लोग हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यही आप तो बहुत अच्छे स्पोकन पर्सन भी है क्या किसी पोलिटिकल वोलिटिकल पार्टी की तरफ जाने का इरादा है क्या सर हमको क्या हम ऑफर वॉफर मिले कहा लेके जा रहे हैं सर आप हमको एक मुसलमान की ओर खींच रहा है एक कहीं और खींच रहा है आप पॉलिटिकल पार्टी में खींचिए तो तो हम बात नहीं हो पाती है सोचिए ना लोगों को अभी भी मेरा नाम कोई कह दे कि हमने कोई नाम एक्सेप्ट किया है हम इस सबसे बहुत दूर रहता अच्छा ठीक है मेरे जेहन में खान सर एक सवाल आ रहा है अभी बातचीत कर रहा था तो सवाल मेरे जहन में आया मैच तो आप देखते होंगे बहुत कम मैच अच्छा। मूवी सब बहुत कम देखते हैं तो मैच में अगर जब हिंदू पाकिस्तान हिं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो किसको पसंद करते हैं आप सर क्या बात करते हैं आप मतलब हम बता रहे ना कि खुद उस, उस दिन वो क्या कह दे ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो भारत के सिवा देखे सपना किसी का तो आप तो गाना भी गाते हैं नहीं सर हम बता रहे हैं अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि है। हमको या हम खुदा से यही कहते हैं, वाले से, भगवान से, से कहते हैं हमको आप नबी पाक सल्लाम का वो कोट याद है की तुम मुसलमानों जिस मुल्क में रहना उस मुल्क से पूरी तरह से वफादार रहना बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात और मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ और यही जज्बा हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर होना चाहिए और यही मुसलमान का ईमान है और यह अच्छी सोच है आपकी क्योंकि आप जैसे लोग हम जैसे लोग यहां से निकल के समाज से निकल कर एपीजे कलाम साहब बनते हैं खान साहब बन जाते हैं सरफराज सैफी बन जाते हैं यह सोच हमारे देश में लोगों की बाकी लोगों की कब बदलेगी सर बदलने की तो हम कोशिश किए हमारे पीछे पड़ गए सब कैसे पीछे पड़ गए हम तो पढ़ा रहे हैं ये तकलीफ ये तकलीफ खान साहब आपके लिए तकलीफ मेरी भी है क्योंकि मैं तो राष्ट्रवाद करता हूं सोचिए आप तो आपको बताते हैं हम हाँ। खुल के नाम नहीं ले सकते हमें 107 करोड़ सात लीजिए आप खुल के लीजिए हम आपके साथ हैं जी हिंदुस्तान सुनिए कुनिया खान साहब बताते हैं खान सर सुनिए जी हिंदुस्तान राष्ट्रवाद आपके साथ आप खुलकर बोलिए नाम लेकर बोलिए सर हमें एक करोड़ रुपए ऑफर कर रहे गए थे कि आप हमारे पास आ जाइए पढ़ाने के लिए हम वो 107 करोड़ रुपए जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे तीस परसेंट इनकम टैक्स दो परसेंट पेमेंट के साथ, साथ करोड़ रूपए कौन दे रहा था आपको सर हम यही तो बता सकते कि कुछ प्रॉब्लम है आप समझिए हम सैलरी आप हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है आप जी मीडिया पर है हम आपसे पूछेंगे आपकी सैलरी कितनी है आप तब नहीं बता सकते कुछ समझिए सर आप आप इतने सीनियर हैं नहीं चलो आप मैं आप बता दूंगा मेरी सैलरी कितनी है मेरी पोस्ट कितनी है बट आप मुझे ये बता दिए कि 107 करोड़ कौन आपको दे रहा था सर जिस जो एजुकेशन से जुड़े हुए उन्हें सबको पता है हाँ। आप सर प्लीज किसी चीज पे इतना अच्छा। मत कि मतलब वहां नहीं लेकिन है। आज भी सर हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि हर देश का तबका हमारे देश में कोई अब्दुल कलाम बने ना बने लेकिन कोई अजमल का साहब ना बने बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए दहशत को हर मजहब मना करता है दहशत का कोई मजहब ही नहीं होता है और इस बात को आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं इसीलिए आप आपकी क्लास में हर धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ते हैं और बहुत अच्छी बात है देखा आपको जहां जुड़ाते हुए पढ़ा रहे थे मैंने एक वीडियो देख रहा था आपका खान साहब आप जहां जुड़ाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे जरा उसको हमारे दर्शकों को एक बात बता दीजिए वोला जहां जुड़ाते हुए जो जहाज आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ था उसमें एग्जांपल अच्छा, दे हाँ, रहे थे हाँ, हाँ, हम आराम से उसको समझा देते सम्झा पूरी तरह से हम उस, उस चीज को हम पूरी तरह से बता देते हैं हमारे बगल में थोड़ा जल्दी समझाइए तो मेरे पर... पास वक्त भी थोड़ा कम है हाँ तो हम अभी जैसे हम आपको ऐसे बताएं वो जहाज तो है नहीं मैं आपको हम वहाँ पे बच्चों को हम यही कह रहे थे जिस वीडियो से विवाद है वो पूरा वीडियो देख लीजिए आप समझ जाएंगे हम बता रहे थे नेपाल पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी का टॉपिक आता है हिमालय तो हम पढ़ा रहे थे कि वहाँ एयरपोर्ट काफी खतरनाक है, है। जैसे लुकला एयरपोर्ट लेकिन त्रिभुवन एयरपोर्ट अच्छा है इसी पे हमने बताया कि उन्नीस सौ आखिरी दिन में लोग जब घूमने गए थे तो आईसी एट विमान हाइजेक हो गया था आप बताइए हाईजेक किसको छुड़ाने के लिए किया गया था आप कहेंगे शंकराचार्य थे हाईजेक करने वाले कौन थे विमान हाईजेक किसने किया था हम्म पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तो उनका नाम क्या रखें हम पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए हम शंकराचार्य नाम रखेंगे नहीं ना उनका नाम क्या रखें हम हमने यही तो बताया कि ये विमान हमारा हाईजेक हुआ था बाद में इस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पे हमारे बेहतरीन पायलट ने ये बहाना करके उतार लिया कि इसमें फ्यूल नहीं है उसके बाद उन लोगों ने कनपट्टी पे बंदूक उतार के उसको लाहौर ले गया लाहौर से दुबई ले गए दुबई से कंधार ले गए वहाँ हमारे मासूम हिंदुस्तानियों को रख के तड़पाया गया बाद में हमारे आतंकवादियों को छोड़ा गया तो इसमें हमने क्या गलत बताया ये बताइए क्या वो विमान हाईजेक नहीं हुआ था क्या खान उसको हाईजेक किए थे नहीं ये सोच आपकी अच्छी है लेकिन बाकी लोगों की ऐसी सोच क्यों नहीं है तर बाकी लोग को पता ही नहीं है उन लोग को पता ही भी नहीं है कि रितन कतियाल कौन था जिसने शादी का हनीमून बनाने गया था पूरी दुनिया इक्कीसवीं सदी में साल के इक्कीसवीं सदी के पहले ही जनवरी को उम्मीद करी थी इस हम अच्छा करेंगे ये लोग विमान हाईजेक कर रहे थे ठीक है लेकिन आपने जिस जिस का जिक्र आप कर रहे थे चूंकि मैं लंबे समय से क्राइम रिपोर्टर हूँ इस देश में क्राइम किया मैंने कवर किया है मुझे बताइए की जो जिहाद ये लोग करते हैं जो कुछ नौजवान तबका भटक जाता है उसको आप किस नजरिए से देखते आपको बॉम नहीं फोड़ेंगे लेकिन क्या कीजिएगा जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपको देखिए जब इंसान के पास एजुकेशन कम रहता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है आप बाहुबली मूवी देखिए शिव कामी देवी को बेचारा महेंद्र बाहुबली पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा खानदान उजाड़ दी लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हमारा गुस्सा नजायज था और क्या कहा जाता है गुस्सा हराम है लेकिन आपको क्या दिखता है केवल शराब हराम है केवल डांस हराम है गुस्सा हराम नहीं है चूंकि देखिए मैं इसलिए आपको राष्ट्रवाद में लगातार बातचीत कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं और एक आप यूथ आईकॉन भी हैं क्योंकि आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं और राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित की बात करना बेहद जरूरी है जो हमारे नौजवान तबका है वो किसी भी मजहब से हो जो पढ़ लिख नहीं पाता उसकी सोच इतनी गंदी क्यों हो जाती है चूंकि आप एक टीचर भी हैं और लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं देखिए सर हम आपको क्या बताते हैं इंसान को बिलीव करना चाहिए जैसे हम क्या कहते हैं इस्लाम पे बिलीव करिए लेकिन आंख बंद करके हर मुसलमान पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं आप जो आप कर सकते हैं आप कहिए आप नमाज पढ़िए हम नहीं मना करते नवरात्रि गुनागार कर हम, हम हो गए तो तो तो बेचारा वो उसी में खुश है कितनी इज्जत करते हैं हम छोड़ देते हैं जबकि हम नॉन वेजिटेरियन है मतलब जिस तरह की बात आप कर रहे हैं चलो हमें तो आदत है लोगों के गुस्से को झेलने की तरह की अगर आपको इस तरह की धमकिया या फतवे फतवा उसका क्या करेंगे आप सर देखेंगे क्या दिक्कत है सर कितना दिन जीत है भगत सिंह अच्छा कितना दिन जीत है तो अभी कोई फतवा वतवा मिला कि नहीं मिला आपको हमको सर नहीं मिला और वो लोग भी हमको नहीं लगता है जो फंस गए इन्होंने भी ट्रेंड नहीं कराया है कहीं कहीं से ट्रेंड हुआ यह खुद फंस गए बेचारे इन लोग का भी कॉल आ रहा है कि सर गलती हम लोग को पता नहीं चला कौन ट्रेंड करा दिया तो क्या ये सोची समझी साजिश थी अचानक यू ही खान साहब फेमस हो गए अरे सर हमको ना फेमस होने का शौक है ना कुछ है। हमें फेमस होने का शौक रहता हम अपना गांव बताते अपने पिताजी का नाम बताते कि मेरे पिताजी शांत से घूमते हम अपना नाम बताते शान से हमें केवल शौक है मेरा देश आगे बढ़े बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है और ये तो पता सोच... है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दो लाख लोगों ने अपनी शहादत लाखों लोग आप उनका नाम नहीं जानते वॉर मेमोरियल में जाइए दिल्ली में कितने कितने हमारे फौजी शहीद हुए क्या आप नाम जानते हैं नहीं हम चाहते है की गुमनामी होके अपना नाम हमारे नाम क्या करेंगे हमारे देश का नाम होना चाहिए तभी तभी आपने इतनी देर में अपना नाम मुझे बताया खैर कोई बात नहीं लेकिन जिस तरीके का जिस तरीके का आपको ऊपर एलिकेशन लगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुए ट्रोल हुए कम से कम आप इस चीज को तो एंजॉय कर रहे भैया चलो सर, हमारे पास आपको बताते हम... हैं तो है भैया तुम लोग हरिशा ट्रोल डेली कर दो तो ये तो आपका और बिजनेस भी बढ़ गया और आप देश की सेवा भी कर लेंगे एक दिन में हम बहुत सौभाग्यशाली है छानवे हजार लड़कों ने एक बार दिया मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दू ये खान सर है लगातार से बातचीत कर रहा करो सोचिए कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है अगर इधर जाएगी तो नुकसान होगा इधर जाएगी तो फायदा होगा और इसका फायदा यही है कि खान साहब जिस तरीके से टोल हुए में ना स्टूडेंट्स इनके कोचिंग सेंटर आ गए आप सोचिए ये ठीक आदमी है उनको पता है हाँ। लेकिन अब मुझे तो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवाद जैसे ही मैं खत्म करूंगा शो का टाइम चूंकि अब खत्म होने के कगार पर है तब तक तो, तो आपके एक लाख का एडमिशन और भी हो जाएंगे सर हम हमको तो खुशी है ना नजर कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं चलिए कम से कम मैंने इतनी देर से आपके बारे में बता रहा हूं राष्ट्रवाद के बारे में भी आप कुछ कह दीजिए सर देखिए राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहे सबको यही कहते हैं हमारी जी अपने परिवार के लिए कम से कम खानदान का एक आदमी समर्पित कर दो जो देश के लिए जिंदा रहे अपने परिवार से हम हैं हम इस देश के लिए हो चुके हैं हर इंसान को कहते हैं कि अगर हम 130 सौ तीस करोड़ हिंदुस्तानियों के दो करोड़ हाथ एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हिंदुस्तानियों को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन हम लोग को हाथ काटा जाएगा तो हम क्या करेंगे खान सर आप तो बिल्कुल भगत सिंह की तरह अश्फाकुल्ला खान साहब की तरह आप तो बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी के तौर पर बातचीत कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ये जज्बा अगर पूरे देश के नौजवानों में हो जाए तो मेरा देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा आप मेरे स्टूडेंट से कभी मिलिएगा उनसे बात कीजिएगा चाहे वो लड़का हो बिल्कुल या बिल्कुल देखिएगा उनको उनके बाद में जो राष्ट्रवाद जो देशभक्ति है जो कुछ कर गुजरने की क्षमता है आप देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा कि और हमें भी लगता है आने वाले दस साल बाद जब ये बच्चे जाएंगे तो बहुत नाम रोशन करेंगे इस देश का बिल्कुल मेरा वादा रहा जब भी मैं पटना आऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में जरूर आऊंगा आप जरूर आइए आपके बच्चों से ही मुलाकात करूंगा अच्छा राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या कहेंगे चूंकि आप टीचर हैं और बड़े मशहूर है आप राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है हम क्या कहें जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं इंसान क्या करेगा इस दिल को एक एक जानवर भी होता है ना उसको अपने खूंटा से प्यार होता है आप उसको कहीं छोड़ दीजिए शाम को आ जाता है इस तरह हमें होना चाहिए और रहता भी ऐसा नहीं है सर देखिए हुआ क्या इसमें ना कि एक दो लोग गंदे विचारधारा के थे उन्होंने ट्रोल किया सब ट्रोल करने लगे सर अभी पछता रहे भाई गलत हो गया गड़बड़ हो गया चलिए एक एक मेरा सवाल और है जाते जाते एक दो सवाल और पूछ लेता हूं मैं कि जब कुछ कट्टरपंथी लोग आपका इस तमाम चीजों का विरोध करते हैं उसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं क्या परेशान होते हैं या उसको एंजॉय करते हैं देखिए सर वो जो विरोध करते ना एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं उनका तरीका गड़बड़ है वो भी चाहते हैं कि मुस्लिम लोग पढ़ लिख कर समाज में आगे बढ़े और लोग मुस्लिम को भी इज्जत से हमें बदनाम कैसे किया और हम क्या कहते हैं कि अगर किसी ने हमें बदनाम किया तो हम उसे पढ़ लिख के उसे दिखाएंगे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें खाने के लिए गुरुद्वारा में जाना पड़ा था हम खुद गुरुद्वारा में खाना खाए थे हमारा ये नौबत आ गया था और हम क्या बताए और लोग उस समय हम लोग को लोग औकात देखते थे तुम्हारी क्या औकात है तो हम लड़ जाते उस वक्त तो क्या जवाब दे पाते आज उनको जवाब मिल गया होगा तो हम सबको कहते हैं मुसलमानों से भी हिंदू से भी सिख से भी पूरे हिंदुस्तान वाले आपको गुस्सा है ना तो आप डट के दिखाइए अगर आपको कोई कहता है कि तू किसी काम लायक नहीं है तो उसको इतना दिखाइए की खुद ही शर्मिंदा हो जाए और कहीं ना कहीं हमारी गलती है तो ही हमें कोई बोलता है कोई अमेरिका को नहीं कहेगा कि तुम जाही है पता है कि डेवलप है लेकिन आप अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन खराब है ठीक है राष्ट्रवाद के जरिए हमारे देश के नौजवान युवकों को चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे हम उनको ये कहते हैं भैया हम इंसान हैं इंसान रहने दिया जाए इसको हमें नहीं बांटा जाए हम हिंदुस्तानी हैं हम हम आपके हम ईद में भी मिलेंगे हम होली में भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो जबरदस्ती घर में आएंगे मिलने के लिए और यही यही यही मेरे हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए और राष्ट्रवाद में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो ये खान सर है उर्फ फैसल खान हैं, जिनको आप अमित सिंह के नाम से जान रहे थे बहुत कंफ्यूजन था लेकिन राष्ट्रवाद के जरिए हमने तमाम सवाल उनसे किए और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल उनके नाम के पीछे किस तरीके से विवाद है तमाम जी हिंदुस्तान के दर्शकों को राष्ट्रवाद के दर्शकों को इससे हमने पर्दा हटा दिया ये खान सर फैसल खान है और इनके अंदर जो देशभक्ति है वो हमें देखने को मिलती है और इसी तरीके की देश भक्ति पूरे देश के नौजवानों में होनी चाहिए थी तो फिलहाल यह था आज का राष्ट्रवाद खास एपिसोड फिलहाल कल होगी आपसे मुलाकात लेकिन जाते जाते आपसे मैं अपील करना चाहता हूं आप अपना ख्याल कीजिए अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन कीजिए क्योंकि जान है तो जहान है फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ